अरविंद यादव है रहने वाला बलिया का हूं। है है। और इस में मैं जो कुछ भी हूँ यहाँ तक पहुंचा हूँ तो ऐसे एक व्यक्तित्व को देख कर इस बिजनेस को स्टार्टअप किए थे जो व्यक्तित्व जो हमारे ग्रेट मेंटर आज हम सभी को आशीर्वाद दिए हैं तो माँ को देख इस बिजनेस में हम शुरुआत किए थे मैं सर को देखा था कि सर कर सकते मैं भी कर सकता हूं मैं भी सर भी पुलिस से मैं भी पुलिस था और बिजनेस को शुरू से ही फर्स्ट ऐसे कैरियर ऐसी जिम्मेदारी समझ के मैंने बिजनेस को किया है आज यहां तक हूं चौकसी हूं विषम यहां जोड़ा थे जोड़ा था जोड़ा जोड़ा जोड़ा। मैं नहीं करना है मैं के लिए बोले हैं इस बात का मैं को विश्वास दिलाता हूं आज जो आज आपका आशीर्वाद मुझे भैया बैठे थे मुझे चार साथियों का आशीर्वाद मिला है मेरा और आज एक नया अवतार हुआ है हाय नू हाय नू आज एक नया अवतार हुआ माघोर जी और ज्यादा की बात नहीं कर रहा माघोर जी मैं एक साल तो साल की बात नहीं कर रहा हूं आपका आशीर्वाद है और आपका साथ है इसी एक कोने के अंदर 31 मई के अंदर 100% माघोर जी जितने पूरे भारत की मिट्टी में टाप लोग माघोर जी उस टीम को साफिश करने का हम लोग करेंगे बहुत धन्यवाद माघोर जी और बोलो माघोर जी बोल एक महागुरु जी को सुने बोलना चाहूंगा की मेरे महागुरु जी की वजह से यहाँ में बैठा हूँ अमृत सर है चौधरी सर है अशोक सर है यह तमाम और भी जीवन में बदलाव हो चुका है और हमारे जैसे तो चुके लाखों आज अगर की बातों तो तो तो अगर जो आपने अगर सारी बातों को आपने जो में उतारा तो 100 परसेंट मित्र आने वाले समय में धन्यवाद